नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंजीनियर्स दीपक कुमाउद में आज मैं आपके लिए एक और नया प्लान लेकर आया हूं प्लान की साइज़ की बात करूँ तो 30 बाई पैंसठ का ये ईस्ट फेसिंग का प्लान है अकॉर्डिंग टू वास्तु है इसमें ये दो फ्लोर का है ग्राउंड प्लस फर्स्ट फ्लोर का ये प्लान है ग्राउंड फ्लोर पर आपको विथ पार, पार्किंग पार्किंग के साथ आपको थ्री बी का सेटअप मिल जाएगा और फर्स्ट फ्लोर पर आपको 3 बी के दो सेटअप मिल जाएंगे जैसे कि रेंट परपस से देना चाहो तो रेंट परपस से भी इसे दे सकते हैं आइए हम इसके इसको देखते हैं ये इसका फ्रंट है फ्रंट के आगे सामने रोड है ये इसका 30 फीट का फ्रंट है ये हमारा मेन गेट रहेगा यहाँ पे आपकी कार पार्क हो जाएगी ये पार्किंग स्पेस रहेगा पूरा सवा बाई 21 10 का पार्किंग स्पेस रहेगा इसमें ये आप बरामदा रहेगा आगे बरामदे की साइज़ की बात करूँ तो सवा अठारह बाई सवा सात का बरामदा रहेगा ये आपका स्टेयस इस रहेगा इस्टे आप ये इधर से चढ़ सकते हैं ये 19 स्टेप्स की स्टेयर से आराम से इजीली चढ़ सकते हो आप इतना ही स्पेस रहेगा और इसकी ये रहेगा अपने ग्राउंड फ्लोर का बैक थ्री बी सेटअप इसमें अपनी एंट्री इधर से रहेगी एंट्री हमारी हॉल में होगी तो हॉल काफ़ी अच्छी साइज़ का हॉल आपको मिल जाता है सवा साढ़े अट्ठारह का आपको हॉल मिल जाएगा और ईस्ट फेसिंग का है तो साउथ ईस्ट के कॉर्नर में आपको किचन देखने को मिल जाएगी किचन की साइज की बात करूँ तो सवा सात बाई साढ़े सात की किचन मिल जाएगी काफ़ी सफिशियंट विद बालकनी स्पेस के साथ तीन फिट बाई साढ़े सात फिट के स्पेस के साथ किचन का वेंटिलेशन के लिए विंडो रह जाएगी यहाँ पर और यहाँ पर कट लग जाएगा रूफ कट आउट लग जाएगा और ये चलते हैं अपन फर्स्ट बेडरूम में फर्स्ट बेडरूम की साइज़ की बात करूँ तो साढ़े दस बाई साढ़े दस का ये बेडरूम रहेगा वाडरूम रहेगी इसमें और वेंटिलेशन के लिए बालकनी में विंडो रहेगी अब चलते हैं सेकंड बेडरूम में सेकंड बेडरूम में चलते हैं तो सेकंड बेडरूम की साइज रहेगी इसमें सौ बाई साढ़े का बेडरूम रहेगा फुल साइज़ की बेडरूम साइज है इसमें वेंटिलेशन के लिए पीछे विंडो रहेगी और बालकनी में जाने के लिए डोर रहेगा इसमें आपको स्टोर भी दिया गया है सेपरेट जिसमें आप अपना कोई भी सामान रख सकते हैं और अब चलते हैं थर्ड बेडरूम की तरफ थर्ड बेडरूम की साइज की बात करूं तो साढ़े नौ बाई साढ़े ग्यारह का ये बेडरूम रहेगा इसमें अटैच लेट बाद दिया गया है पांच बाई साढ़े का और वेंटिलेशन के लिए पीछे विंडो दी गई है और स्टोरेज के लिए वार्डरूम दी गई है अब होम एक हॉल में कॉमन टॉयलेट दिया लेट बाद दिया गया है लेटबाथ की साइज़ की बात करूँ तो पाँच बाई साढ़े छः सात का लेटबाथ दिया गया है ये कुछ इस तरीके का सेटअप है आप देख लीजिए एक बार दोबारा से डिस्प्ले कर देता हूँ मैं कंप्लीट देख लीजिए एक बार अब चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पे फर्स्ट फ्लोर में हमारी एंट्री यहां पे होगी तो एक जैसे कि एक तो इसमें दो पोर्शन दिए गए हैं थ्री बीएचके का एक तो पीछे का पोर्शन रहेगा थ्री बी के का एक फ्रंट का पोर्शन रहेगा थ्री बीएचके का तो इसमें पीछे के पोर्शन में चलते हैं तो पीछे का जैसे कि ग्राउंड फ्लोर पे है उसका सेम रहेगा यहाँ पे किचन रहेगी ये बालकनी रहेगी वेंटिलेशन के लिए जो रूम को भी प्रोवाइड कराएगी और ये बेडरूम रहेगा और ये सेकंड बेडरूम रहेगा ये आपका थर्ड बेडरूम रहेगा सेकंड बेडरूम के साथ अटैच स्टोर रहेगा और थर्ड बेडरूम के साथ अटैच लेट बाथ रहेगा और ये कोमना आपका लेट बाथ रह जाएगा सेम एलिटीज रहेगा ऊपर का ग्राउंड फर्स्ट फ्लोर के अनुरूप और आप चलते हैं आगे की तरफ आगे के पोर्शन में आगे का पोर्शन भी आपको 3 बी का मिल जाएगा इसमें आपको हॉल मिल जाएगा 17 बाई 11 10 का और इसमें ये बेडरूम मिलेगा बेडरूम की साइज की बात करूँ तो 11 10 बाई 10 10 की बेडरूम साइज मिलेगी और ये आपका स्टोरेज इस मिलेगा इसको वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे ओ मिल जाएगा आपको और इसका वेंटिलेशन आप यहाँ से भी ले सकते हैं यहाँ पर भी आपकी विंडो लग जाएगी एक जिससे क्या है एंट्रेंस पर भी नजर रहेगी इस रूम से और यह आपका कॉमन लेट बात रहेगा इसमें एक ही लेट बात रहेगा यह आपका कॉमन लेट बात रहेगा काफ़ी अच्छी साइज का है आठ बाई छः का यह आपका सेकंड बेडरूम रहेगा ग्यारह दस बाई दस दस फिट का और ये आपका थर्ड बेडरूम रहेगा 9 फीट 7 इंच बाई 10 फीट का और ये आपका अग्निगौन में किचन रहेगा 7 बाई 10 का इसमें सेकंड बेडरूम से आपको एक डोर मिलेगा जो आगे की तरफ जाएगा जो बालकनी में जाएगा बालकनी की साइज़ मिलेगी आपको साढ़े तीन बाई सौ उनतीस की बालकनी मिल जाएगी आपको अगर आप भी अपना घर हमसे डिजाइन करवाना चाहते हैं तो नीचे दी नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं क्योंकि हम रीजनेबल प्राइस में कस्टमर को बेस्ट सर्विस प्रोवाइड कराने की कोशिश करते हैं अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें धन्यवाद